देखिये अगर इस वक्त बीजेपी की सरकार देश में ना होती और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ना होते किसी दूसरी पार्टी के प्रधानमंत्री होते और चुनाव होने वाले होते या यूपी में बीजेपी की सरकार ना होती और कोई और मुख्यमंत्री होता तो आज अमित देवगन जी आप जो डिबेट कर रहे होते वो ये होता कि पेट्रोल सौ के पार डीजल इतना महंगा आठ की गैस इतने लोग शराब से मर गए अवैध शराब गंदी शराब बन रही है इस वक्त आपकी जो डिबेट का मुद्दा था वो ये होता कि कैसे जमीनों में मंदिर की जमीनों में घोटाला सुनिए सर सर, सर बोलने दीजिए 40 सेकंड तो आपने मुझे ज्ञान दे, दे पी दिया पी कि आप गजब बेचती है मैंने कुछ नहीं कहा आपको मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि आप बीजेपी को बचा रहे हैं अगर मैंने कहा आप पे बात कर नहीं करना प्यार से सवाल सर, क्या का ये एजेंडा चलाना सही है हाँ या ना सर करोड़ लोग आपको देख रहे हैं सौ करोड़ लोग देख रहे हैं सौ करोड़ लोग रहे हैं आपको सौ करोड़ पता नहीं क्या सोच रहे होंगे मैं आपसे कह रहा हूँ सात साल में अगर आपने सात महंगाई पर महंगाई पर एक एक पेट्रोल एक पर डीजल एक पर गैस पर सब कुछ विषय पर चर्चा कर रहा हूँ जो लोग पेट्रोल सर, डीजल डालकर कुछ और काम खेलना चाह रहे तो आप मुझे बता दीजिए कौन होते जो आपको मैं बताऊंगा आप कौन है जो आपको नहीं करना चाहते देखिए मैं कितने प्यार से सर बिल्कुल आप प्यार से समझा रहे हैं। मैं भी आपको प्यार भी यार से यार सवाल मैंने पूछा। मैं दोबारा प्यार से सवाल पूछे क्या धर्मांतरण का ये एजेंडा तो मैं आपके संबंध किसी से नहीं बता रहा हूँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके संबंध किसी से हैं या किसी पार्टी विशेष से है मैं तो तो तो बता रहा हूं कि मेरा देश है। मेरा संबंध संबंध है है और देश क्या है वो देश के हर एक उस पार्टी से है जो देश जो जो, जो देश के लिए देश काम करती है मेरा संबंध तो आपकी पार्टी से भी है क्योंकि आपकी पार्टी देश में है हर पार्टी से है मेरा संबंध तो देश से है पता नहीं क्यों मुझसे न न मैं आपसे बिल्कुल नहीं खफा हो मैं आपसे क्यों खफा होगा मैं आपसे क्यों खबा आप होगा आप इतनी प्यार से बात कर रहे हैं आपसे कैसे खफा हो जाऊंगा आप नाराज हैं सर? आपका चेहरा इतना है कैसे खफा हो जाऊंगा आपसे मैं कुछ बोलेंगे सर पेट्रोल डीजल पर आपका पूरा ग्यार हो चुका हो तो बताइए एक मिनट आप सर मुझ पर रिपोर्ट भी लिखा सकते सौ के पार पेट्रोल है मैंने झूठ नहीं बोला सर डीजल महंगा हो गया मैंने झूठ नहीं बोला सर 225, 230 रुपए में कड़वा तेल भी कराया सर सरसों का तेल है मैंने झूठ नहीं बोला सर आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं सर मैंने तो अच्छा आप ये भी नहीं कहा कि आपके रिलेशन किसी पार्टी से हैं, अच्छा तो आज है आप आपको, बताया बताया आपको बताया पेट्रोल है, खरीद के खाता हूँ सर सब